भाई जिस तरह मारुति इतनी सेफ गाड़ियां बनाती है उसके बावजूद यहाँ पे देखिए भाई एक सबसे अनसेफ स्टार महिंद्रा की फाइव स्टार एक्स यू सात सौ तो यहाँ देखिए बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है भाई एक्चुअल में सीखना चाहिए बिल्ड क्वालिटी कहाँ मैटर